नमस्कार मैं अनुराग आज मेरे साथ में हैं जया किशोरी जी मोटीनल स्पीकर हैं और धर्म अध्यात्म से जुड़ी हुई है कथावाचक के रूप में हम उन सभी जानते हैं जया जी जाया कभी तय किया था कि कथा वाचन ही करना है नहीं कभी नहीं किया अपने आप बस होता चला गया चीज़ें सामने आती गई अच्छी लगती गई क्योंकि छः साल की उम्र से शुरुआत की तब पता नहीं होता है आपको काम क्या होता है करियर क्या होता है क्या चुनना है क्या बनना है तो शायद पहले से सब तय था वैसे अध्यात्म तो करियर नहीं होता ये तो एक मना स्थिति है कि आपको कुछ चीजें अच्छी लगने लगती है आप उस धारा में बह जाते हैं नहीं करियर जैसे अब मैं एक वक्ता हूँ तो आपका जब काम बन जाता है तो आपका करियर बन जाता है अच्छा इस समय भी समाज में दो धारा है एक युवा दो है जो क्लबों में डांस कर रहे हैं नाच रहे हैं सुबह होते हैं सब बोल जाते हैं रात क्या हुआ था और एक तरफ आपका धारा और अच्छी बात यह है कि आपको भी लोग बेहद पसंद करते हैं। तो कहीं बदलाव की शुरुआत मानती समझ में देखिए कि मैं किसी मैं मैं हमेशा कहती हूँ आप बीच के रास्ते पर चलिए आप एक बैलेंस बनाकर चलिए मैं कभी ये नहीं कहती कि भगवान से जुड़ने का अर्थ होता है कि आप सांसारिक मनोरंजन खत्म कर दे पर हर चीज़ की एक मर्यादा होती है हर चीज का एक, एक लिमिट होती है तो बीच का रास्ता यही होता है कि आप एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं क्योंकि भगवान के भक्त का मतलब ये नहीं कि आप मॉडर्न नहीं है आप मॉडर्निज्म में भी अगर आप मान लीजिए किसी को कोई शादी विवाह है कोई फंक्शन है कोई बच्चे पार्टी कर रहे हैं बर्थडे पार्टीज है पार्टी मैं नहीं कहती आप सब बंद कर दीजिए तभी आप भगवान के भक्त कहलाएंगे बिल्कुल भी नहीं आपने एक सांसारिक जीवन चुना है तो आप जो सांसारिक आनंद है मनोरंजन है वो ज़रूर करेंगे पर जैसा हम कथा में भी कहते हैं कि संसार में अगर भगवान को लेकर चलोगे तो हंसते खेलते जाओगे और हंसते खेलते वापस आ जाओगे अगर भगवान को बाहर छोड़ दोगे तो शायद दिक्कत होगी। अच्छा तमाम विजन लोग आपसे जुड़े हुए हैं आपसे मिलते हैं बातचीत करते हैं क्या लगता है कि अब हमें आशावान होना चाहिए बिल्कुल बहुत बहुत इंटेलिजेंट है आज का यूथ बहुत जिज्ञासा है उसके अंदर और मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए हर वक्त बच्चों की गलती नहीं होती है हमने कथा में भी कहा कि जब कई बार हमने कथा में एक प्रश्न पूछा गीता जी कितनों ने पढ़ा है और तीन चार से ज़्यादा हाथ उठे नहीं और इनमें कई है जो बड़े बैठे हैं जो बुजुर्ग हैं घरों के माँ बाप हैं, तो आप बच्चों को कहाँ से दोष देंगे जब घर के बड़े ही ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बच्चों के लिए क्या कर बच्चे जिज्ञासा रखते हैं आज के बच्चे बहुत जिज्ञासा रखते हैं पर उनको घर में जवाब ही नहीं मिल रहा जब तो वो खुद प्रश्न कर रहे हैं अपने माता पिता से उनको जवाब नहीं मिल रहा कई बार उनके प्रश्नों को ये बोल के चुप करा दिया जा रहा है कि जबान मत लड़ा या भगवान पर सवाल नहीं उठाते गलत है तो आप कहीं ना कहीं उसकी जिज्ञासा को ख़त्म कर रहे हैं उसका जो सच जानने की इच्छा उसको है उसको खत्म कर करते हैं है या या तो करना, प्रश्न करना सिखाता है, सनातन पट्टी बांधना तो कभी नहीं सीखाता पट्टी बांध करके मानते जाओ मुझे लगता है की जितना सनातन दार्शनिक आध्यात्मिक होने के साथ वैज्ञानिक है अपने धर्म के बारे में बात करती हूँ मुझे नहीं पता सनातन धर्म आपको प्रश्न करना सिखाता है आपको हर चीज के ऊपर जिज्ञासा रखना सिखाता है और ये सबसे सुंदर बात है लेकिन आज के समय में जब बच्चे प्रश्न कर रहे हैं तो उनको चुप करा दिया जा रहा है जरूर ये है कि आप प्रश्न में मर्यादा रखिए प्रश्न में सच जानने की इच्छा रखिए ना कि उस बात को या उस व्यक्ति को गलत साबित करने की इच्छा रखे तो अपने आप आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आप व्यासपीठ पर बैठती हैं प्रदर्शन करती हैं लोग आपको साधवी समझ लेते हैं मुझे लगता है बड़ी चुप कर जाते हैं नहीं सबकी अपनी अपनी धारणा है मुझे नहीं पता वो किस रूप से देखते हैं पर मैं इस बात को हमेशा क्लियर करती हूँ चाहे कोई भी इंटरव्यू हुआ आपके माध्यम से भी कि मैं संत साध्वी साधु कुछ भी नहीं हूँ मैं एक साधारण सी लड़की हूँ जिसका परिवार है माँ बाप है दोस्त है और मैं भी एक बहुत सिंपल सी और नॉर्मल सी लाइफ जीती हूँ आगे जाके शादी विवाह सब कुछ होगा तो अगर कोई भी किसी के मन में शंका है तो ये कि मैं नहीं हूँ संत साधु साधवी आप जब ये कहते हैं कि शादी विवाह भी होगा तो बहुत सारे लोग तरह तरह की चर्चाएं करते हैं जी, तो मत उन चर्चा कुछ भी होगा वो मेरे चैनल पर बता दिया जाएगा आपको आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं मेरे जैसे जो आप, आप खुद जैसे हैं आप खुद जैसा जीवन जीते हैं आप खुद जो प्रिंसिपल्स मर्यादा और सोच लेकर चलते हैं माइंड लेकर चलते हैं तो ऐसे ही लोग पसंद आप आपकी कथा में शिव से लेकर कृष्ण तक हर चीज के बारे में आप व्याख्या करती है तो आपकी पसंद क्या है कि आपके जहन में कौन समाया हुआ राम है या कृष्ण है? या। नहीं भगवान तो देखिए सब एक ही है पर हाँ अगर आप जीवन के ऊपर कहे कि इसका जीवन ज्यादा आपको आकर्षित करता है तो कृष्ण का जीवन क्योंकि वो पूर्ण अवतार है उन्होंने हर क्षेत्र को छुआ है हाँ जी तो श्री कृष्ण का जीवन मुझे ज्यादा आकर्षित करता है अच्छा जब आप युवाओं में जाती हैं तो सबसे ज्यादा सवाल क्योंकि इस समय दो बड़ी समस्याएं हैं, एक बेरोजगारी और बेरोजगारी के बाद अवसार मुझे देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं एंगर मैनेजमेंट को लेकर डिप्रेशन को लेकर स्ट्रेस को लेकर क्योंकि आज के युवा में क्योंकि आपने युवा के बारे में पूछा आज के युवा बहुत कॉम्पिटिशन में जी रहे हैं बचपन से बेरोज़गारी या एम्प्लॉयमेंट तो बात की बात आती है कि स्कूल टाइम में भी उनके कंपटीशन है कि उस शर्मा जी के लड़के का इतना आया और इसके लड़के का इतना आया और उसकी लड़की का इतना आया तुम्हारा क्या Mental है फर्स्ट कौन आया ये प्रेशर बहुत है एक आज के समय में आप मॉडर्न है कि नहीं ट्रेडिशनल है कि नहीं ये प्रेशर बहुत है बच्चा दो जिंदगी जी रहा है घर पर उसको अलग बातें बताई जा रही है बाहर उसको एक अलग ज़िंदगी जीनी पड़ रही है बहुत कॉम्पिटिशन है बहुत कन्फ्यूजन है और जिस तरीके का एक्सपोजर बच्चों को आज इंटरनेट के थ्रू मिल रहा है वो एक अलग दुनिया है तो हम समझ नहीं पाते बच्चों पे दोष जरूर देते हैं लेकिन आप समझ नहीं हो आज जितना कंफ्यूजन आज एक बच्चे को है शायद ही किसी समय में किसी को था। बहुत महत्वपूर्ण कही एक कॉम्पिटिशन बहुत है और कॉम्पिटिशन के बाद जो समस्या उपजती है इससे बचती का रास्ता क्या नजर आता सब है सबसे पहले परिवार की कॉम्पिटिशन आप बंद करिए कॉम्पिटिशन परिवार ही शुरू करता है कि उसका इतना आया इसका इतना आया ये गलत है सब अपनी अपनी सोच है अपनी अपना अपना अपना स्पीड है काम करने का तो अपने बच्चों को उनके स्पीड से काम करने दीजिए और ज़्यादा ध्यान ज्ञान पर रखिए कि वह क्या सीख रहा है इसके अलावा ये नहीं कि वो कितना मार्क्स लेकर आ रहा है क्योंकि मार्क्स शायद ही मायने रखते हैं आज मैं अपनी ज़िंदगी में भी देखूँ मेरे माँ बाप ने कभी मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया कि इतने मार्क्स आने चाहिए ऐसा होना चाहिए बस उन्होंने ये कहा अपना हंड्रेड देना अपने काम में मेहनत में फिर कुछ भी रिजल्ट आए मेरे लिए फर्स्ट तुम ही हो आपका परिवार ऐसे ही आध्यात्मिक रहा पूरा श्रेय बिल्कुल हमेशा से बहुत आध्यात्मिक रहा और उन्हीं को मैं श्रेय देती हूँ अपने आध्यात्मिक होने का आपके पिताजी माता जी, जी। तो ये हमारे यहाँ जो सनातन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ तो पीढ़ी दर संस्कार आते जाते हैं बीच में बहुत भटकाव का दौर था वो अभी भी चल रहा है ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक तो हो गया तो देखिए यूथ में भी अध्यात्मिक रूप से नहीं जुड़ रहा है भले ही पर मेडिटेशन के रूप से जुड़ रहा है अच्छी बातों के थ्रू जुड़ रहा है अगर आप यूट्यूब चैनल जो पॉडकास्ट आजकल नए होने लगे हैं हम भी जिन पॉडकास्ट को करते हैं चाहे वो संदीप महेश्वरी विवेक राजे हमने कई किए हैं और सब में यही है कि उनको सबको यूथ बहुत सुन रहे हैं उनके स्पिरिचुअल वीडियो सबसे ज़्यादा चलते हैं तो कनेक्ट हो रहा है धार्मिक रूप से नहीं कि वो शुरुआत से आप उनको पूजा पाठ से जोड़े वो शायद एक कहते हैं ना कि कान यहाँ से पकड़ो या घूम के पकड़ो एक ही बात है तो वो इस रस्ते से होकर जा रहा है पहुँचेगा वहीं पर लेकिन जिज्ञास हो रही है उनको अच्छा लग रहा है जानना बस यही है कि चेंज जैसा कृष्ण ने कहा है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि दुनिया चेंज हो रही है उनको अच्छी चीज़ बताने के तरीके चेंज करने पड़ते हैं तो अगर आपको यूथ को कनेक्ट करना है तो आपको उनकी भाषा में बात करना पड़ेगा वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ें सबको पसंद है तो एक एक बड़ा बदलाव देखा भारत से लेकर और विदेशों की सड़कों तक श्री कृष्ण का नाम लोगों की जुबान पर है और उनकी आप लीलाओं की व्याख्याएँ करती हैं उनके अलग अलग स्वरूप हैं कभी बोली रखते हैं कभी बदली छोड़ देते हैं युद्ध भी करते हैं तो बहुत आकर्षित करते हैं आपको लगता है कि कहीं कृष्ण के जरिए एक नई क्रांति की जा सकती है वैचारिक तौर पर सोच के तौर पर वही रही है मैं ये नहीं कहूँ कृष्ण कभी आ, कहते हैं ना कि अनरिलेटेबल थे ही नहीं वो हमेशा रहेंगे और वो हमेशा लोगों के लिए ऐसे एक ऐसा नाम एक ऐसा जीवन रहेगा जो हमेशा रिलेटेबल रहेगा वो कभी भी गीता जी का ज्ञान लिखिए आज भी लोगों के काम आ रहा है पहले कभी दुनिया हाँ जी लेकिन पहले मोटिवेशनल स्पीकर स्पीकर हुए हुए सबसे सबसे अच्छे मोटिवेशनल मोटिवेशनल और सबसे अच्छी स्पीच गीता जी हुई है तो मुझे लगता है कि उनका जीवन अगर समझा जाए तो हर प्रॉब्लम का सलूशन उनके जीवन से मिल सकता है आपको अवधेशानंद जी से लेके आप तक एक बड़ी परंपरा है तो आप क्या चाहती की कि किस तरह का हिंदुस्तान बने हिंदुस्तान ऐसा बने जो शिक्षा में भी आगे हो जो आध्यात्मिकता में भी आगे हो जो मॉडर्निज्म में भी आगे हों चाहे वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो डेवलपमेंट के मामले में हो हर चीज़ में क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा से आगे रहा है सोनी की चिड़िया विश्व गुरु ज्ञान में साढ़े सात लाख गुरुकुल थे सबसे पहले शिक्षा हमारे यहाँ शुरू हुई हर चीज़ में हम आगे रहे तो शायद वही दुनिया वापस लेकर आनी है कि हम हर चीज़ में आगे रहें आपने हमें समय दिया इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद आप सुन रहे थे जया किशोरी जी को जो कह रही थी, विस्तार से को लेके, और उन्होंने बीच का एक रास्ता है कि जहां आधुनिकता भी भी हो और भी हो, और आध्यात्म तो सारे रास्ते, सारी कठिनाइयां हो सकती हैं। आज बस इतना कठिनाइया वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें